पुराने दिन सुन दिन आशिकान दिन वो शकीन में ही के वो पुराने दिन दिन गुजर गए हम किधर गए